दोस्तों नमस्कार सबको मेरा छोटे को प्रणाम बड़े को चरणों में मेरा प्रणाम और आदिशक्ति महिला शक्ति को दिल से न क्योंकि पूरे विश्व में ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सक्रिय है शक्ति तो ये महिला शक्ति है शक्ति है माता के रूप में है बहन के रूप में है पत्नी के रूप में है कांची है चाची है भौजी है इस सब के रूप में सभी शक्ति को मैं नमन करता दोस्तों आज हम अध्यात्म का अनुभव करेंगे अध्यात्म का जो मेडिटेशन हम कहते हैं ध्यान कहते हैं तो सबसे पहले ऐसे हम बैठ जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है मैं जो ध्यान आपको बताने वाला हूँ वो विष्णु के जो जो चार वेदा है उसमें से एक है क्रिया ऐसे तो चार क्रिया पूरा हम आपको इस सीरीज में बताएंगे तो सबसे पहले हमें इस ब्रह्मांड में एक आवाज घुस रही है जो हम मुंह से नहीं बोल सकते हम मुंह से जो बोल रहे हैं वो हम सोच के बोलते हैं मगर बिना बजाये निस्लिन बाजे घंटा शंख नगारी दे। उसी वाइब्रेशन से, से पूरी पृथ्वी का सर्जन और विसर्जन हर पल होता रहता है ब्रह्मांड नया नया यूनिवर्स पैदा होता है नष्ट होते जाता है और हमारे जीवन के साथ भी यही होता है पल पल हम पैदा हुए उसके बाद हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं इस सत्य को जानने के लिए सभी धर्मों में ईश्वर के नाम का स्मरण की महिमा गाई गई है तो आज हम ईश्वर जो है वो शरीर नहीं है आज हम शरीर ही मानते हैं राम तो राम का नाम लेते रहते हैं मगर जबकि राम ने खुद कहा कि मैं सर्वव्यापक परमात्मा हूं और उस नाम को जानो जो वाल्मीकि ने कहा मानस रामचरित मानस में तुलसीदास ने भी इस बात को कहा कि चार राम है जगत में एक राजा राम है दूसरा है सीता के पति सीतापति सीता राम तीसरा है दशरथ के पुत्र और चौथे है आतम राम जो सर्वव्यापक है तो उस राम को जानना है उस अल्लाह को हमें जानना है जो हमारे अंदर नूर के रूप में हमें हर पल नया जीवन दे रहा है उस परमात्मा को हमें जानना है जो हमें हर पल जीवन दे रहा है और हमारे साथ है अंग संग है परिवार के लोग तो दूर रहते हैं पति पत्नी बच्चे लोग सुख दुख में आपके साथ नहीं रहते मगर हर पल ईश्वर आपके साथ है तो ईश्वर का नाम भी मैं अभी सुन रहा हूं उस जो ब्रह्मांड का कौस्मिक एनर्जी है वाइब्रेशन है जिससे हमारा जीवन चलता है और बिना उस नाम के कबीर ने यही कहा है क्या आप दुनिया के सभी धर्मशास्त्र पढ़ लो अगर आप हिंदू हैं तो गीता रामायण वेद ये सब पढ़े हैं पढ़े पढ़ लो मगर जब तक ईश्वर का नाम का स्मरण नहीं करेंगे तो सब बेकार है जीरो है कुछ काम का नहीं है तो उस चीज़ को मैं आज बताने वाला हूं और उस नाम को कैसे सुनते हैं उसका अभ्यास कैसे करते हैं और हर एक मनुष्य के लिए है ये सिर्फ हिंदू सनातन धर्म के लिए नहीं पूरे विश्व के मानव जाति के लिए है तो इस तरह हम बैठ जाते हैं और ये जो में जो में प्राण और अपान श्वास आ रहा है हम लेते हैं थोड़ा रुक के श्वास छोड़ते हैं अपान इसके माध्यम से हम उस सत्य को जान सकते हैं क्योंकि मरने के बाद भी एक पूरा विश्व रहेगा तो उस आदिशक्ति को जानने के लिए हमें अंतर जगत में जाना पड़ेगा अभी मैंने आप देखेंगे सभी धर्म में मस्तक को ढाका दिया ढाका ढाक दिया जाता है मुस्लिम लोग टोपी पहनते हैं हिंदू लोग पगड़ी पहनते हैं आप पारसी में देखेंगे वही क्या टोपी पहनते हैं शिख में देखें तो पगड़ी वो बांधते हैं तो जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हुए पंथ प्रदेशक हुए उन्होंने अपने कान को बंद किया है आज आप देखेंगे मैंने जो ये बांधा है दोनों कान बंद है और इसके अंदर में ईश्वर का जो ब्रह्मांड में जिसको चलाने वाला कोई नहीं वो शब्द को ईश्वर का नाम का स्मरण मैं कर रहा हूँ नाम का जप नहीं करना है नाम का याद भी नहीं करना है मन से मगर आत्मा की शक्ति से ध्यान की शक्ति से उसके अंदर मेरा चित मन को मैं लीन कर रहा हूँ जितना आप लीन करेंगे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर भी आएगी आपके अंदर भी चेंज होगा कोई बीमारी है भूत प्रेत है बाधा है आपको छू तक नहीं सकती अगर अभ्यास इतना गहरा हो जाएगा तो उस नाम को सुनने के लिए योगी लोग एकांत स्थान में जाते हैं संसार के भीड़ भाड़ के दूर शांति के लिए मगर आज हम संसारी हैं हमें इस संसार में रहकर अपने कर्तव्य क्रम को करते हुए इस अभ्यास को करना है तो हम एक ऐसा चादर ले लेते हैं और चादर को ओढ़ के हम अपनी गुफा बना लेंगे इस चादर को हम ओढ़ लेंगे और जो नाम श्रवण की जो क्रिया है आप मुस्लिम लोग करते हैं मगर उसके बारे में जानते नहीं क्योंकि सदगुरु जो जीवित परमात्मा है जीवित सदगुरु उसे परमात्मा का अंश ही कहा जाता है वो परमात्मा स्वरूप हो जाए परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहते हर पल तो उसे परमात्मा ही कहा जाएगा जैसे समुद्र में अगर नदी का पानी मिल जाता है गंगा का पानी मिल जाता है नायल का पानी मिल जाता है तेगृष नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, अगर मिल जाता है तो उसे उस नाम से हम नहीं पुकारते क्योंकि उस उसमें मिल चुकी है परमात्मा में उस सागर में तो उसे हम सागर कहते हैं हम सी कहते हैं उसी प्रकार अपना नाम का त्याग हो जाता है और हम उसी परमात्मा का नाम लेने वाले हैं स्मरण करने वाले हैं हेलो एवरीवन, आई एम एम मुरलीधर मौर्य फ्रॉम इंडिया टुडे, वी टॉक अबाउट यूनिवर्स व्हिच रोल अवर्स इन दिस वर्ल्ड दोस्तों माई स्मार इंडिया में चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है आज हम जानेंगे अपने आप को ताकि समझ सके हम विश्व में क्यों आए हैं और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए पूरे ब्रह्मांड का जो सृजन है ब्रह्मांड में से ईश्वर ने अल्लाह ने जिसे हम गौर कहते हैं सभी तत्वों का संगम ये अद्भुत मानव शरीर बनाया है हमारा सृजन तो आज हम जानेंगे जो अभी होली का त्योहार गया द फेस्टिवल ऑफ कलर्स तो पंच तत्व का जो शरीर बना है उसके बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखें लास्ट एंड तक ताकि ये कोई धर्म के रिलेटेड नहीं है ये हमारा अस्तित्व है ऐसे तो देखे जाए जो रंग है विश्व में जो हम रंग देख रहे हैं ए वाइब्रेशन ऑफ लाइट्स ये जो प्रकाश है उससे ही सूर्य प्रकाश में से ही पूरा विश्व का संचालन होता है सोलर ऑटो सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास पास चेहरे के आसपास आभा मंडल बनता है उससे बहुत सारे वैज्ञानिक लोग अब हमारे जो उसको ठीक करके हमारी जो असाध्य बीमारी है रोग है उसे भी ठीक कर देते हैं तो हर एक मनुष्य को अपने आप को जानना अपने अंदर जो पंच तत्व है जिसे पंचभूत कहते हैं सनातन धर्म में उस भूत भूत के अंदर अशुद्धि आ जाती है तो जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे तो हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते तो जीवन का जो आनंद है हमारे चेहरे पे स्माइल हो और जीवन का जो लक्ष्य है क्यों हम आए उसे जानने के लिए इस पंच तत्व का हमारे जीवन में कैसे निर्माण हुआ है उसके बारे में चलिए हम देखते हैं ये मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ ये फर्स्ट वीडियो उसका है जिसमें हम बेसिक इस तत्व के कारण किस रंग है और उस, उस रंग के कारण हमारे मनोविज्ञान हमारे मानसिक जीवन के सर्जन में आध्यात्मिक जीवन या कुछ भी हम विकास करना चाहे शारीरिक विकास तो उसके अंदर बहुत ही बड़ा योगदान है उसे जानना बहुत जरूरी है तो चलिए जल्दी से फटाफट देख लेते हैं माई स्माइली इंडिया लाइक करें शेयर करें और बेल जो बटन है सब्सक्राइब उसे टच करें और घंटी का कर, प्रेस करें ताकि हर नई जानकारी जो आपके जीवन संबंधित है जीवन में उपयोगी है हर पल ऐसी जानकारी आप तक जल्दी पहुंचे तो देखते रहिए माई स्माइलिंग इंडिया अब हम शुरू करते हैं इस नए टॉपिक नई दुनिया की ओर जाते हैं यूनिवर्स में हमारा योगदान हमारा स्थान बाई बी कम इन दिस वर्ल्ड हम क्यों इस दुनिया में आए हैं उससे जानने से पहले हम पंचभुत जो पृथ्वी है जिसके ऊपर हम बसते हैं और हमारा जीवन का जो आना जाना है जल बिना जल के हम अभी 22 मार्च को कल ही विश्व जल दिन वर्ल्ड वाटर डे पूरा विश्व ने मनाया आज पानी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है बहुत सारे लोग पानी के लिए संघर्ष करते हैं तो जल पृथ्वी जल वायु सोलर सिस्टम और अग्नि और आकाश, स्पेस वो पाँचों मिलाके इस अद्भुत मनुष्य सर सबसे उत्तम सृजन देवताओं से भी दुर्लभ ये मनुष्य स्तन है तो इस